वेलकम टू माई वीडियो हेलो गायज आप सब अच्छे ही होंगे प्ले बॉय और राजा भाई के बीच ये लड़ाई है रखते है कौन जीतता है ठीक है उसने बोला है वो मेरा दोस्त है ठीक है उसने बोला है चैलेंज लिया है अगर मैं जीत जाऊँगा उसने मेरे को 2000 डायमंड देगा और उसने जी मैं जीत जाऊँगा उसने मेरे को दो रुपया डायमंड देगा और जीत जाएगा तो दो रुपया डायमंड देगा ठीक है गाइज इसके लिए यार लाइक बनता है लाइक सब्सक्राइब करवा दो दिल से बुरा लगता है यार कोई लाइक से यार सब्सक्राइब नहीं करे हो वीडियो देखते हो और चले जाते हो यार अपना भाई को यार सपोर्ट कर लो यार थोड़ा सा आप मेरे जैसे को क्यों सपोर्ट करोगे क्योंकि मैं लुकेज गेमर के जैसा तफाब नहीं करता हूँ ना इसीलिए देखते है आगे बने रहे गेम को ठीक है गाय देखते है कौन जीता है कौन नहीं जीता उम्मीद है और कौन जीतने वाला है वीडियो पे बताते पहले। ना पहले ठीक है लाइक से सब्सक्राइब करना मत बोलना ठीक है अभी सिक्स फोर का हो चुका है देखते हैं कौन जीतने वाला है ठीक है आगे गेम पे बने रहना और बिना स्कीप किए हुए देखना वीडियो वीडियो को गेम में मज़ा आने वाला है और तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करवा देना और हमारा चैनल पे गिव्य होता है महीने मुन, में दो तीन बार हम गिव्यो करते हैं लाइव में अगर शेयर करेंगे और शर करने से भी गिव्य होता है ठीक है शेयर कर बताना और एक बात है कमेंट बॉक्स में तुम्हारा यूआईडी आई डी नंबर देना ठीक है ताकि हमें गिब्य का आपको फ़ायदा हो सके प्लीज़ प्लीज़ भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवा देना ठीक है oh ओ माई गोल्ड हेडसुल्ला क्या जाते हैं उसके ऊपर रस मार लेते देखते हैं क्या होता है अरे मेरे को तो गंदी दे, दे दे दी अरे भाई ओ मैंने मा भू हो गया ठीक है इसके लिए यार लाइक शेयर बनता है